हेलो दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपको लेकर जाएंगे काठ काठ मुरादाबाद डिस्ट्रिक के अंदर आता है अगर काठ के इतिहास की बात की जाए तो काठ को 1625 में रुस्तम खान ने बसाया था लेकिन सन 1776 में काट सहरसूल बिलारी स्टेट के अधीन हो गया काठ में दो रियासतें हैं पश्चिमी रियासत और पूर्वी रियासत अगर बात करें लोकेशन की तो काठ स्टेट हाईवे 49 पर बसा हुआ है काट एक तहसील है और ज़िला मुख्यालय मुरादाबाद से यहाँ की दूरी 30 किलोमीटर की है इसके अलावा ये रोड काट को ठाकुर द्वारे से कनेक्ट करती है ठाकुर द्वारे से होते हुए ये रोड काट को काशीपुर और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से कनेक्ट करती है अगर लोगों के मनोरंजन की बात की जाए तो यहाँ पर काट में हाईवे पर ही दो पिक्चर हॉल हुआ करते थे लेकिन दर्शकों की कमी के चलते हुए दोनों पिक्चर हॉल पूरी तरह से बंद हो चुके हैं अगर यहां पर बिजनेस और रोज़गार की बात की जाए तो यहां पर लोगों ने अपने दम कार्ट को एक नई पहचान दिलाई है बैंडेज इंडस्ट्री के द्वारा यहां पर बनने वाली बैंडेज पूरे भारतवर्ष में सप्लाई की जाती है इसके अलावा यहां पर जो जीन्स मैन्युफैक्चर है वो की जाती है जो ना जाने कितने हज़ारों लोगों को रोजगार दे रही है नगर पंचायत ने यहाँ पर अनेकों काम कराए हैं उनमें से जो एक भव्य द्वारों का निर्माण यहाँ पर काफ़ी दिखाई दे रहा है उसी में से एक ये द्वार जो हमारे नायक वीर अब्दुल हमीद जी की याद में बनाया गया है ये शानदार द्वार ये हाईवे को मुरादाबाद लखनऊ देहरादून व अन्य बड़े शहरों से जोड़ता है इसी पर तहसील कार्यालय व अन्य सरकारी संस्थाओं के ऑफिस मौजूद हैं आगे लेफ्ट हैंड साइड पढ़ने पर यह रोड काट को अमरोहा से कनेक्ट करता है आगे जाने पर जो ये लेफ्ट हैंड रास्ता गया है वो काट के रेलवे स्टेशन के लिए गया है और काट वालों के लिए खुशी की बात यह है कि अब वो यहाँ से कंप्यूटर कृत आरक्षण आसानी से करा सकते हैं काट में प्रतिदिन अनेकों ट्रेन का आगमन होता है जो यहाँ के लोगों को देश के अन्य भागों से जोड़ते हैं और ये अच्छी सुविधा है कि वो आसानी से रेल के माध्यम के द्वारा देश के अन्य भागों से सीधे कनेक्ट हैं। अगर शिक्षा की बात की जाए तो काठ में ब्रिटिश टाइम से ही अनेकों शिक्षण संस्थान रहे हैं और इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है काठ की रियासत का कि उन्होंने इन शैक्षिक संस्थानों का बखूबी बहु बहुत अच्छे से संचालन किया है हम यही कामना करते हैं कि काठ प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो और यहां की बैंडेज इंडस्ट्री और अधिक तरक्की करें और इसी के साथ यहां पर अन्य जितने भी रोज़गार हैं चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्री हो या जीन से जुड़ा हुआ रोज़गार हो लोगों को और तरक्की दे और फल फूलें इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें थैंक यू धन्यवाद